चूंकि मीन राशि के जो हमारे जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस अर्थात लग्नेश और कर्मेश यहाँ पर दो स्थान के लॉल्ड और इनका जो गोचर हो रहा है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं एकादश भाव से हो रहा है दर्शकों एकादश स्थान किस चीज़ का होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये आपके इनकम का होता है ये आपके बड़े भाई बहनों का होता है साथ ही साथ जो टेंथ हाउस होता है ये आपके कर्म का होता है पिता का होता है जहाँ बारह नंबर लिखा हुआ है इसको लग्न बोलते हैं पहला हाउस होता है ये आपके खुद का होता है, आपका शरीर कैसा होगा आपका रूप कैसा होगा आपकी आकृति कैसी होगी आप दिखेंगे कैसे आपके अंदर बल कैसा होगा आपके अंदर गौरव कितना होगा कितना नेम एंड फेम कमाएंगे ये सभी चीजें लग्न से ज्ञात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति देखिए नीच के हो रहे हैं इनकम के घर में तो इनकम के घर में देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना यहाँ पर आपको कुछ धन से रिलेटेड चीज़ों में हानि कराएगा आपके ऊपर कोई यहाँ पर जो है यदि आप लोग जो है आ, अननोन से पैसे कमाते हैं सरकारी नौकरी में हैं तो आप लोग फंस सकते हैं पहली चीज़। दूसरा आपके में आपको सफलता जो है थोड़ी सी मुश्किल है कि मिलेगी लेकिन हाँ ये जो गोचर रहेगा इस गोचर के बल पर आप लोग जो है प्रमोशंस पा सकते हैं आप लोग सैलरी में इंक्रीमेंट ले सकते हैं कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है एकादश स्थान पर जो है देवगुरु बृहस्पति बैठ करके पंचम दृष्टि पराक्रम के घर को दे रहे हैं तो आपके अंदर अभी तक यदि आप लोग दबे थे लोगों से लगता था कि आप लोग मुकाबला कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप लोग अपना पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे साथ ही साथ यहाँ पर सप्तम दृष्टि पंचम स्थान को दे रहे हैं जो कि आपके संतान का है आपकी बुद्धि का है आपकी विद्या का है आपके यश का है आपके अनुयाई कितने होंगे पंचम स्थान डिसाइड करता है तो पंचम स्थान से संबंधित ये सारे सुखदेव गुरु बृहस्पति यहाँ आपको दिलाएंगे आपके संतान का यदि कोई रिजल्ट आने वाला है नौकरी से संबंधित निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा मीन राशि के जात को साथ ही साथ यहाँ पर यदि अभी तक आप संतान सुख से वंचित थे निश्चित रूप से यहाँ पर आपको संतान प्राप्त होगी और बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहे यदि आप मेल हैं तो निश्चित रूप से पुत्र संतान की यहाँ पर आपको प्राप्ति हो सकती है हम यहाँ पर पुत्र पुत्री में कोई नहीं करते हैं, लेकिन आ, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बता दें कि आपके कार्यक्षेत्र में आप लोग कोई नई पहचान बनाने में जो है ये गोचर आपकी मदद करेगा नए व्यापार के लिए यह गोचर और बेहतर रहेगा चूंकि यहाँ पर नव दृष्टि व्यापार के घर को पढ़ रही है जिनसे आप प्रेम करते थे पंचम और नवम का यहाँ पर देखिए संबंध अच्छा बन रहा है मतलब सप्तम यहाँ पर पंचम को और कि भाई हमको शादी करनी है घर वाले नहीं मान रहे होंगे तो इस गोचर में आप लोग उनको मनाइए निश्चित रूप से मानेंगे और जिनसे आप प्यार करते थे तो विवाह में बनते हुए दिखाई दे रहे वैवाहिक योग्य जो है व्यक्तियों को विवाह होगा ही होगा साथ ही साथ यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था तो यह गोचर जो रहेगा उनका विवाह कराता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु का ये गोचर जो रहेगा आर्थिक स्थिति और धन लाभ के लिए आपके लिए जो है ठीक रहेगा अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप अच्छे सोर्सेस से धन कमाते हैं साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आपके लिए बेहतर रहेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप लोग कोई व्यापार कर सकते हैं आपका मित्र यहाँ पर सहयोग कर सकता है यदि कोई मामला आपका कोर्ट में चल रहा था तो वहाँ पर भी जा करके आपको जो है विजय प्राप्त होगी और आप लोग अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं संतान पक्ष से भी आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी नौकरी में मन जगह पर आप लोग तबादला ये चाहते हैं तो जो उपाय बता रहे हैं कर लीजिएगा निश्चित रूप से आपको सीनियर्स की मदद मिलेगी मनचाही जगह तबादला होगा। बैवाहिक जीवन आपके लिए जो है एक बात बता दें कि जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो किसी तीसरे की आने की वजह से पुराने मतभेद उभर करके भी यहां पर आ सकते हैं और तनाव की स्थिति बना सकते हैं तो बहुत ही सूझबूझ से आप लोगों को चलना रहेगा तो बात अधिक आपकी नहीं बिगड़ी थी तो उपाय क्या करना रहेगा मीन राशि के जात को देखिए हर बृहस्पतवार वाले दिन आप लोग कोशिश कीजिए विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ केसर का तिलक मस्तक जिभा नाभि पर आपको लगाना रहेगा आपको गाय को हर बृहस्पतवार को 250 ग्राम बेसन के लड्डू ज़रूर खिलाने रहेंगे प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक बार जाप करिए हो सके तो एक तुलसी की माला अपने गले में धारण करिए और